तो हे गायस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे तो गैस मैं आपका प्यारा डीजे जे सानू महाकाल गांव भैसत तहसीलमान जिला मेट से नंबर वन यूट्यूबर और गैस ठीक ही रहना क्योंकि आप ठीक रहोगे तो आपका डीजे जे सानू भाई भी ठीक ही रहेगा तो गैस आज मैं एक न्यू एफिल्म सेटिंग लेकर आ चुका हूँ थम बरस और बहुत ही अच्छी एफिल्म सेटिंग मैंने बनाई इसमें ट्यून पैटर्न में बनाई है मैंने सारा ट्यू पैटर्न बनाया डी जे ने ये बनाया था ट्विन पैटर्न इसकी थोड़ी मैंने सेम इसकी थोड़ी ट्विन पैटर्न बनाना सीखा है मैं रात ही मैंने सीखा था तो रात में लगा रहा था इसमें टून पैटर्न बनाने में तो अपनी सोच समझ को अलविदा करें और शुरू करते बिना किसी पक्षों दिखे वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूर सोचना अपने कान पर ईयरफोन नामक का यंत्र लगा ले वरना कहीं से जोड़ती चप्पल आके पड़ सकती है धन्यवाद तो चलते है गैस अपने होम पेज पर होम पेज पर चलने के बाद अपना एफ खोल लेते हैं तो गाय सब अपना एफ एल स्टोरियम खोल लेगा इस देख सकते हैं और यही वो एफ एल सेटिंग है थम के ब्रस इसकी जो बीपीएम पी एम एक सौ तैंतीस है चलते वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा गाना मैंने सुनाऊँगा कि कॉपी क्लेम या कॉपी राइट आ सकता है तो गाइज अभी अपलोड होगा ना <coughs> तो अपलोड होने दो गाय मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा Okay, guys. Chantay, guys. Beat, beat, beat. S, S, S, S, S. Number one DJ. Peasa. Production. Beat, beat, beat. S, S, S, S, S. Number one DJ. Peasa. Production. SS number 1 DJ Tassa production, production. तो गाइस आपको गाना अच्छा लगा हो तो यार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी गई जरा एक बार सुन लीजिए एक मिनट गया वो? अरे यार ये रहा, गई जरा इन्हें सुन लीजिए इस ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो गाइस आपको भी ऐसी वोकल पैक बनवा तो ग्यारह सौ रुपये चार्ज है आप बनवा सकते हैं गाइस और ये देखेगा इस ये पैटर्न ये कुछ मैंने गाना काट काट के बनाया है ये बहुत पुराना गाना था मैच नहीं हो रहा था ठीक है इस ये इसके पैटर्न देख लीजिए गाइस हार्ड किक है स्लो हार्ड किक है हिट है फिर हार्ड कि है स्लो ये भीटेट है ठीक ये क्वीन पैटर्न है और ये भी है कुछ ये सुन लीजिए इसी पैटर्न के पास साथ बजती है क्वीन पैटर्न है ठीक है और ये सुन लीजिए लीजिएगा ये मैंने वाइब्रेशन बना रखी है ठीक है और ये कुछ मदीरा टाइप में इसे सुन लीजिए ये वाइब्रेशन ये ये मधीरा गाइस और इसकी जरा मास्टरिंग देख लीजिए आप एफ एक्स गिराफी है और इसकी मास्टरिंग मैं कर देता हूँ ये एक्स सी को मैंने इस पर लगा दी 10 से इकतीस या उनतालीस पे कर दीजिए क्योंकि इसका बैकग्राउंड पूरा हट जाएगा गाने का और गाइस इसमें जो है आप लीबर लगा सकते हैं ठीक है का और इसमें आप ये भी लगा सिलीवर के नीचे ये भी दूसरे नंबर पे ये भी लगा सकते हैं ठीक है तो गाइस और आपको ये जो एफेक्ट्स इको एफेक्ट्स ग्राफीस के नीचे ये भी लगा सकते हैं गाइस ठीक है गाइस तो ये देखिए एक मिनट नक्त देखेगा इस बैकग्राउंड बिल्कुल हट गया है इसका और आप चाहे तो एफेक्ट्स एक के बिल्कुल ऊपर जो है ये वाला पहल का ही ऑप्शन ये लगा सकते हैं इससे बहुत बढ़िया बैकग्राउंड हटता है गाइस तो गाइस ऐसे के रख के इससे या सैंतीस पे कर दीजिए ये आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर देगा ये देखिएगा इस बिल्कुल बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया इसने ठीक गाइस और मास्टरिंग मैन मास्टरिंग इसकी देख लीजिए FX एक्स रिपब है हमारा और ये न्यू वर्जन आया है जो ये है तो गाइस पूरा जो ये जो गाना है मैंने पाड़ी बाबा जो है डी जे पाड़ी की तरह ही बनाया है मैंने बिल्कुल ट्यून पैटर्न की तरह ही बनाया है तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो यार लाइक करें शेयर करे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी और गाइस लाइक कर देख रो गाइस क्योंकि लाइक करने से हमें हिम्मत मिलती है ठीक है गाइस और सब्सक्राइब करो वो जो लाल बटन है उसके उस पर आप उस पर क्या करना है आपको उस पर ठंडी पिचकारी मारो या उससे ठंडी पिचकारी से नवाओ मुझे नहीं पता कलेक् हो जाना चाहिए और गाइस लाइक को तोड़ दीजिए मुक्का मार के ठीक है गाइस और कमेंट को भी ऐसे ही कर दीजिए कमेंट भी अपना प्यार दीजिए कमेंट के द्वारा ठीक है इस और गाइस चलता है गाइस जय इंदर राम राम और स्पीडम पासवर्ड है इस आपको मिल जाएगा अगर हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना